हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज मैं बताने वाला हूँ सिलाई मशीन का ये जो रिवर्स होता है जिसे लोग रफो भी करते हैं इसका स्प्रिंग अगर टूट जाए तो उसे किस तरह से सेट करते हैं इसी को मैं आज बताने वाला हूँ तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसका इस तरह सा स्प्रिंग होता है लंबा सा ये अगर टूट जाए तो इसे हम किस तरह से सेट करते हैं उतार लेंगे और निकाल लेने के बाद इसे हम इस तरह से रखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले इस स्प्रिंग में इस नट को इस तरह से लगा लेंगे और पिलास के माध्यम से जिस चिमटा में इसे कसना है उसे वहाँ तक पहुँचाना है इस तरह से और आप देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक सुराख दिया हुआ है इससे हम उस स्प्रिंग को हम कसेंगे कष्ट देने के बाद इस स्प्रिंग को हम टाँग के इसमें हम लगाएंगे दोस्तों तो अब आप देख सकते हैं कि रिवर्स बिल्कुल सही ढंग से काम करना चालू कर दिया है तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू